हरे कृष्णा तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवदगीता क्लास में और आज इस अध्याय का लास्ट श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है प्रेरणा देने लायक श्लोक है कि अच्छा लगेगा सुन के तो हम शुरू करते हैं ओ ओम अज्ञानतिरांध्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरो निमीलिम ये नस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभ स्थापित ये नूतले स्वयंपा महिदा सपदा वंदेह श्रीगुरोप्रीगुरून श्री वैष्णवाश्रम सहगढ़ रघुनाथ विताम तजीव साधु वेत सवधूत परजन सहित कृष्णच तन्नदेव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगढ़ ललिता श्री विशाकांत हे कृष्णकुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिका कांता, कांता नमस्ते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ देवी प्रणमा हरी वाचाकू कृपा सिंधुभव पतिता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत निनंद श्रीअुत गाधर श्रीवासागौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे रामाय राम भद्राया भद्राचंद्रा वेदसे रघुनाथय सीतया फते नम नमो पादाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते दें गौरवाणी प्रचारणे दे, मेरे विशेष शून्यवादी पशा देशता हरे कृष्ण परमाल प्रभु अनिल प्रभु शिवदयाल प्रभु 50 50 रुपए की लीड आती है वो खरीद लो जिससे क्या है ना इससे सुनाई नहीं पड़ती है ना कहीं अगर शादी पार्टी में हो कहीं हो तो समझ में नहीं आता जूम वाले प्रोफाइल ऑफ रहे सब रहे काम रहेगी तो आवाज सही आती है मतलब आवाज सही सुनाई देगी जब आवाज सुनाई नहीं देगी सही से तो फिर कोई फायदा नहीं सुनने से नहीं तो ध्यान रखना है की लीड ले लो पचास रुपए की आएगी वो लगा सकते हैं ठीक है ओके okay, तो हम आज का श्लोक शुरू करते हैं आज का आज अध्याय का लास्ट श्लोक है और ये पूरा पूरा लिंक बनाएगा अगले अध्याय से तो अगला अध्याय भी बहुत अच्छा है जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे फिर उनके उत्तर भगवान देंगे ठीक है तो अभी हम चलते हैं श्लोक की तरफ ठीक है पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं सम... साूता दिदे साधिय चे विधो प्रायाण काले चमे ते विदुक्त चेतसा सांूता ये विदू। ये विदू। काले अनुवाद पढ़ते जो मुझ परमेश्वर को पूरी जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं तो इसमें बता रहे हैं क्यों जानता है तो जो जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है और इस कृष्ण जैसे कि सातवें अध्याय के सातवें अध्याय में एक श्लोक आया था ना वासुदेवम सर्वमती जो जानता है ना वासुदेव सर्वमिति तो ये भी बता रहे मतलब जो जानता है कि सब कुछ सब चीज कारण भगवान विष्णु कृष्ण ही है तो क्या होता है तो जब वो ये जानता है कि ये पूरी तरह से फिर जानता है तो पूरी तरह से शरणागत होता है भगवान के और शरणागत होता है और जानता है कि भगवान भगवान को जानता है भगवान को समझता है और भगवान के प्रति उसका प्रेम भी बढ़ता है ये तीनों चीज होती है जानने से भगवान क्योंकि हम जब किसी के बारे में जानेंगे तभी तो प्रेम बढ़ेगा जानेंगे नहीं तो कैसे प्रेम बढ़ेगा मान लो कि पहली बार किसी को देखा प्रेम हो जाएगा उससे नहीं जब उसके गुणों को सुनेंगे ठीक है मतलब गुण तो नहीं बोल सकते यहाँ के तो कैसे गुण होंगे पता नहीं लेकिन जब किसी के बारे में कुछ नॉलेज होती है तो हम उसको जानते हैं तो जो ये जानता है भगवान ही सब कुछ है वास्तुदेव सर्वमिति और ये श्लोक बताता है कि कहा गया हाँ जीवन का सार क्या है सार मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है मतलब जीवन क्यों मिला है मतलब एक्चुअली करना क्या है तो जीवन का सार ही बताता है यह श्लोक जीवन का सार क्या है इस अंतम श्लोक से बताएंगे तो तीन चीज है जो तीनों चीजों को समझता है वह है मृत्यु के समय भगवान को याद करेगा ही करेगा और भगवान उसके स्मरण में आएंगे ही आएंगे जो इन तीन चीजों को समझता है कौन कौन सी तीन चीज है पहली है गया okay. हाँ पहली है आदि भूत दूसरी है आदि देव और तीसरी है आदि यज्ञ इन तीन चीजों में बताऊंगा इन चीजों का मतलब क्या है तो इन तीन चीजों जिसमें जो समझता है तो वो जीते जी जीते जी भी समझेगा और जो इन तीन चीजों को नहीं समझता है वो मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा जैसे बहुत से लोग देखें ना क्या बोलते हैं अच्छा भगवान क्या करे अंतकाले काले चमाम अच्छा। मतलब अंतकाल में उस भगवान को याद करना है भगवान धाम पहुंच जाएंगे हाँ तो बहुत अच्छा सरल है पूरे पूरी लाइफ में घरवालों को भोग कर लूंगा घरवालों को देख लूंगा लास्ट समय मरते समय बोल हैं। हरी वो, तो कह रहे है कि नहीं पूरी लाइफ जो छाप पड़ी है ना जिस चीज की उसका स्मरण होगा इसलिए कह रहे हैं कि ये छाप लोई तीनों चीज जो ये तीन चीज समझ जाएंगे ना आधी अः आधिभूत आदिदैव आदि, आदि यज्ञ जो ये इन तीन चीजों को समझ जाएगा वो अंत काल में मेरा ही स्मरण करेगा तो ये लिंक बना रहा है। तो हमें ये तीन चीज समझनी है तीन चीज है क्या और हो सकता है कि शायद तीनों चीजें कर रहे हो पता हो लेकिन बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं पता हो तो यही चीज बता रहा हैं ठीक है तो भगवान को आदिभूत आदिदेव और आदि यीज का भोक्ता मानना चाहिए तो भगवान को ही हर चीज का भोक्ता मानना चाहिए भोक्ता मतलब जो ये आदि देव है आदि देव तो आदि देव का मतलब है नहीं आदि देव नहीं सॉरी आदि यज्ञ, आदि यज्ञ का मतलब है कि सब चीज के भोक्ता कौन है भगवान है सब चीजों के भोक्ता भगवान है हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके भोक्ता भी कौन है भगवान है मैं नहीं हूं अगर आप ये सोचेंगे कर्म करने का भोक्ता मैं हूं तो, तो फिर अहंकार आ गया ना तो, तो छूट ही नहीं पाओगे अगर तुम ये सोच लो अच्छा कर तो मैं रहा हूँ पर भोक्ता भगवान है तो फिर कोई आएगा सुख दुख गर्मी सब कुछ मतलब जो भी द्वंद है खत्म हो जाएगा क्योंकि भूतता तो भगवान है ना दुख मिल रहा है तो भगवान भोग रहे हैं सुख मिल रहा है तो भोगने वाले भगवान है मैं तो हूँ ही नहीं मैं तो आत्मा तो हूँ मेरा तो एक ही फर्ज है सेवा करना तो हम कैसे स्टेज पे पहुंचे अगर कोई बोले ठीक है तो हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे कैसे मतलब आदि देविक आदि देव आदि भूत आदि यज्ञ इन तीनों को समझने की स्टेज पर हम कैसे पहुंचेंगे अगर ये कोई बोले तो प्रपात जी अपने इस तात्पर्य में बता रहे हैं कैसे पहुंचेंगे अब ऐसे मैं देख देखने पाऊंगा बता देता हूँ धीरे धीरे तो कह रहे हैं, ऊपर लिखा। इस लिखा इसमें है देखो, धीरे धीरे कोई बोले इस स्टेज पे कैसे पहुंचे धीरे धीरे लिखा है धीरे धीरे अच्छा धीरे धीरे क्या करना है चलना है दीरे? नहीं। दीरे दीरे दीरे से। इस स्टेज पर हमें कैसे पहुंचना है धीरे धीरे दिव्य संगति से दिव्य संगति मतलब डिटी असोसिएशन डिवोटी का संग करना है भक्तों का संग करना है धीरे धीरे तो कह रहा है कि धीरे धीरे दीर संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है और फिर क्या होगा अत मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण को कभी भूल नहीं पाता रहा ना जो धीरे धीरे ऐसा करता रहेगा वो तीनों चीजों को समझ जाएगा और अंत समय कृष्ण को भूल नहीं पाता तो ये फॉर्मूला बनाना है ठीक है तो ये बता रहा है अब हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं ठीक है, है। इसमें युक्त युक्त मतलब है जो मेरी चेतना से युक्त है चेतना मतलब भगवान की जो तीन चीजें बताइए जानता है वो इस चेतना से युक्त है इस चेतना से युक्त है, से युक्त है मतलब मेरी सेवा में लगा है वो समझ पाते हैं क्या समझता जो मेरी चेतना से युक्त है जो मेरी सेवा में लगा हुआ है वो समझ पाते हैं क्या समझ पाते हैं बताओ ऋषि क्या समझ जाते हैं वो मैं ही मैं ही आजिद अरे मैं ही नहीं हूँ इस चीज को समझ जाते हैं ये तो नहीं मैं भगवान मालूम वो लोग भगवान को समझ जाते हैं तो ये कि मैं मैं भगवान हूं मैं अपने आप को समझ जाता हूँ यहाँ पे अपने की बात नहीं हो रही आदि देव आदि भौतिक ये ये एक वस्तु मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है ये नहीं कि मैं वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं ही आदि देव हूं मैं ही आदि भौतिक हूँ ये अपने ये मैं नहीं हूँ ये अलग चीज है मतलब ये भगवान पर घटित हो है मतलब पूरे भगवान ने जो पूरी सृष्टि बनाई उस पर घटित हो है मैं नहीं हूं मतलब मैं नहीं वो मतलब वो ये समझ जाता है कि सब कुछ तो ये है मैं ही नहीं हूं मैं नहीं हूं ये वो ये समझ जाता है ये सब कुछ है मतलब ठीक है जैसे मैं बोलू रसगुल्ला है तो रसगुल्ला खाने के बाद तुम क्या समझ जाते हो मैं हूं तो रसगुल्ले का स्वाद तो तो क्या समझ जाते हैं आदिभूत क्या है आदि देव क्या है और आदि यज्ञ क्या है अब देखो ये तीनों चीज समझिए क्या है आदि आदिभूत क्या है आदिभूत मतलब महाभूत से बना शरीर इसे आदि इससे आदिभूत यानी वो इसको समझ जाता है एक्चुअली ये जो भी मेरा शरीर है ये मेरा नहीं है ये तो भूतों से बना हुआ है मैं तो आत्मा हूं ये सब चीजें शरीर के बारे में सारा चीज समझ जाता है शरीर से अटैचमेंट नहीं होती है क्योंकि वो समझ गया ना आदिभूत यानी ये पांच महा पंच महाभूत से बना शरीर है इसको बोलते हैं आदिभूत यानी आदिभूत वो समझ गया दूसरा क्या है आदिदेव आदि देव मतलब जो भगवान का विराट विराट स्वरूप है जो जैसे इस जगत को कंपेयर करें ना कि जो नीचे के लोग है उनके पैर है ठीक है और जो चांद तार है वो उनके आ, आ, मतलब वो मुख हैं आंखें हैं मतलब ऐसे धारणा करते हैं ना पूरा विराट स्वरूप की तो कह रहे हैं कि आदि मतलब जो भगवान का विराट स्वरूप है उसमें जो सारे देवता स्थित है सारे देवता स्थित है उसमें जो सारे देवता स्थित है स्थित है वो इस शरीर को नियंत्रित करते हैं क्या समझे दो चीज समझ में आ गए आदि भौतिक से आदि भूत से क्या समझे ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है आदि देव से क्या है ये जो विरा भगवान को जो विराट स्वरूप है इसमें जितने भी देवता जो स्थित हैं, वो देवता हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं तो कर रहे हैं ना जैसे पलक का कोई देवता है बुद्धि का देवता है और जवान बोलने का सरस्वती देवता है सारे देवता है तो ये देवता कंट्रोल करते हैं नियंत्रित करते हैं और आदि यज्ञ क्या है आदि यज्ञ आदि यज्ञ बताए ना सब चीजों के भोक्ता कौन है कृष्ण विष्णु तो बता रहे हैं यहाँ पे भगवान विष्णु कृष्ण है जो हमारे हृदय में है है ना हृदय में है और हमारे कर्मों को नियंत्रित कर रहे हैं जो हम कर्म करते हैं ना उसको नियंत्रित करते हैं और हमारे कर्म के भोगता भी वही है यानी हमारे कर्म के नियंत्रित कर्म के कर्म को भी वही नियंत्रित कर रहे हैं हम और हमारे कर्मों के भोगता भी वो हैं और हमारे शरीर बता ही दिया पंचमा भूत से बनाए और शरीर में जितनी भी इंद्रिया हैं उन सबको नियंत्रित कौन कर रहा है देवता लोग कर रहे हैं जो जो भगवान के विराट स्वरूप में स्थित है वो तो ये जो तीन चीजों को समझता है समय मरते समय मुझे भूल नहीं पाएगा ऐसा नहीं कि हम ये समझ गए तुरंत बड़ी बात है तो ये तीन चीज मेहन थी इसमें अच्छा ठीक है तो इसमें बता रहा ठीक है तो मृत्यु के समय भी वह ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति इसको समझ पाता है तो मृत्यु के समय भी वो समझ रहा है ये चीज जैसे अभी समझा तीन चीज ये तीन चीज मृत्यु के समय भी समझ रहा है और अंत समय में स्मरण भी करेगा और क्या प्रयाण काले अपि चमाम मतलब प्रयाण काले मतलब शरीर त्यागते समय शरीर त्यागते समय भी वह ऐसा व्यक्ति समझ पाता है बस हमें यह समझना है कि चेतना क्या है चेतना बताए ना चेतना मतलब जो भगवान की सेवा में हमेशा लगा हमेशा भगवान के बारे में सोच रहा है वो व्यक्ति समझ पाएगा ये तीन चीज जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है भगवान की सेवा नहीं कर रहा है भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो ये तीन चीज समझ नहीं पाएगा ठीक है तो यह चीज जो व्यक्ति युक्त चेतस है भगवान की चेतना से युक्त है भगवान की सेवा या भक्ति करता है वह बहुत आसानी से समझता है अब ये तो भक्तों की बात हो गई अब आज अभक्तों पे। जगत में लोग समझ पाते हैं जो भक्त हैं? क्या ये लोग समझ पाते हैं? आँख क्यों है नाक क्यों है कान क्यों है मुख क्यों है किसी को पता है क्यों है खाने के लिए नहीं समझ पा रहे ना अब सोच के देखो तुम सोचो ना हम उनसे कितना बड़े नॉलेज मतलब की कितना कुछ पता है इसका मतलब उन्हें तो ये नहीं पता आप क्यों हैं आप क्यों है सिनेमा देखने के लिए अजीब जलेबी खाने के लिए तो इन सब चीजों के लिए ना ये तो छोड़ो क्यों है और किस लिए है ये भी नहीं पता मतलब क्यों है और किसने दी है किसने दी है ये नहीं पता किस लिए है ये भी नहीं पता और हमें पता है भक्तों को तो हो गए ना इन तीन चीजों में एक चीज तो आ गई ना जो आदि भूत है उसमें तो आ गया ना शरीर की सब चीजों को तो पता है ना एक्चुअली मेरे लिए रहे हैं पिक्चर देखने के लिए साउथ इंडिया मूवीज आती है, है, है, तो है, है।, है। ना, ना, ना संडे संडे को वो देखने के लिए बनी है बस और अच्छा अच्छा रूट देखने के लिए कि ये इंद्रिया मेरी नहीं है भगवान ने दी है और बाकी इसमें बता रहे हैं समझ सकते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए देखो यह श्लोक एक चैप्टर के लिए लिंक रूप में शुरू हो जाएगा यहाँ क्या बोला जा रहा है तीनों चीजों को जानते हैं तीन चीज क्या अभिषेक तो तो और हाँ। सब कर्मों को नियंत्रित भी कर रहे हैं कर्मों की भोक्ता भी है हम सोच रहे हैं ना हम कर पा रहे हैं माला हम ये सब कार्य कर हम नहीं कर पा रहे हैं कर्मों की नियंत्रित भी भगवान ही है और उसका जो तो फल मिलेगा भोगता भी भगवान ही ठीक है तो या, या क्या बोल रहे हैं तीन चीजों को जानते हैं तो आप मृत्यु के समय में आप जान सकते हो और आगे कहेंगे जो मृत्यु के समय मेरा चिंतन करता है वो मेरे पास आएगा और अगले श्लोक अगले अध्याय में ना अंत कालाम स्मरण मतलब ऐसे करके श्लोक आएगा कि जो जो अंत समय में जो जैसा चिंतन करेगा तो तो इसमें बड़ा हंसी का बोलते हैं मतलब कथम सुन रहा था अच्छा अंत समय भगवान को याद करना है ठीक है तो सारी जिंदगी हम आ, अपने बी का स्मरण कर लेंगे और लास्ट में मरते समय हरी बोल बोल देंगे हो जाएगा बस मर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता छाप होती है तो हमें इसकी छाप पाल लेनी चाहिए इन तीन चीजों की छाप बार बार बार बार जितनी ज्यादा परसेंटेज में छाप भगवान की रहेगी वही चीज आएगी मतलब की काउंट होती है जैसे कि तुमने जीवन जिया शॉर्ट बताता हूँ तुमने जीवन जिया पचास घंटे 50 घंटे में डिवाइड होगा कि तुमने कितने घंटे क्या क्या चिंतन किया क्या क्या पर रखी मतलब, अगर उसमें जो आएगा, मतलब जोड़ में जिस चीज का वो अंतर में, में याद आएगा बस तो हमने पचीस तीस साल तो ऐसे ही निकाल दिए अब मान लो हम साठ साल जी अब साठ साल में बराबर रही तो तीस साल तो तुम भगवान को याद नहीं किया और तीस साल किया याद ठीक है तो अब उसमें जोड़ा जाएगा जिसपे छाप किस पे ज्यादा तुम्हारी मन चिंतन किसका कर जाएगा तो वो चीज लास्ट में होगी और फिर हम भगवान को पा सकते हैं ठीक है ओके तो भगवान का ज्ञान मृत्यु के समय नष्ट नहीं होता है हाँ जो ये जानता है स्थूल शरीर का ज्ञान जो मुझे आंखों के गोले पे देख रहा है अब देखो एक और इसमें वो बता रहे हैं आधिभूत क्या बताया मैंने पंचत से बना श्टूर शरीर यानी स्थूल शरीर स्थूल शरीर बनाया और जो मुझे आंखों के गोले पे दिख रहा है अपना शरीर आंखों के गोले पे दिख रहा है जरा चिंतन करो आंख के, तो के, से से तो के गोले भी तो दिख रहा है ना एक कि तरीके से हमें लग रहा है ना हम सब देख रहे हैं पर वो आंख के गोले पर ही अगर तुम्हारी आंख कोई ध्यान से देखे ना तो इंसान छपा दिखेगा यानी आंख के गोले पे हम देख रहा है तो वही चीज बता रहे हैं हाँ और दूरा आदि जो आदि देव है वो विश्वरूप बता दिया विश्वरूप का मतलब विराट विश्व रूप है भगवान का उसमें विभिन्न देवता स्थित हैं और वो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं मतलब इंद्रिय देवताओं को नियंत्रित करते हैं ठीक है और आदि यज्ञ क्या बताया मैंने सारे यज्ञों के भोक्ता कौन है कृष्ण विष्णु तो सभी क्रियाएं उनकी प्रसन्नता के लिए हमें करनी चाहिए मतलब की जानी चाहिए क्योंकि वही भोक्ता है वही क्रिया करने वाले हैं तो सारी क्रिया हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए अब देखो पूरी लाइफ जो चित्त पे छापा रहता है या छाया रहता है वही मृत्यु के समय याद आएगा आप सोच के देख लो कि तुम्हें अपने उस पर क्या छापना है अगर भगवान का नाम भक्ति सेवा छापनी है तो तो कोई दिक्कत नहीं भगवान ने आप बोल दिया है भूल भूल नहीं पाओगे मैं मैं ही तुम्हारे स्मरण में आऊंगा भूलोगे क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे ना अर्जुन की अच्छा जो आपको भक्ति तो कर रहा था अपर में आप याद नहीं आ पाए तो उसका क्या होगा बहुत सारे करेंगे तो उसी के लिंक बन रहे हैं तो इसलिए भगवान के इस ज्ञान के चित्र पे छाप लो ताकि मृत्यु के समय स्मरण आए पांच प्रकार के भक्त जैसे कि मैं कल बात छह प्रकार के भक्त थे तो कैसे समझे छह प्रकार के चार तो अर्थ अर्थात अर्थ, अर्थ, ज्ञानी जिज्ञास पांचवा है मोक्ष जिसकी कल बात हुई थी उन्तीसवें श्लोक में ठीक है और छठवा कौन सा है छठवा वो है जो कहना मई आसक्त मना पहला श्लोक था ना पहला दूसरा था कौन सा था मई आसक्त मना मतलब जो मुझ में आ सकते हैं मतलब मई आसक्त मतलब पूर्ण रूपेण मतलब बिल्कुल प्रेमाभक्ति उसके बाद कही होगी तो इस तरीके से छह पांच है। हाँ, पांच में से जो तीन है वो सकाम अर्थ अर्थात जिज्ञासु सकाम ज्ञानी निष्काम है और पांचवा अब तो हम पढ़ते हैं परफेक्ट पर कृष्ण भावना मृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पद से विचलित नहीं होते तो जो है जा जानते हैं भगवान कृष्ण को विचलित नहीं हो सकते। चाहे भले ही तुम कितना वो करो, करो। ठीक है? कृष्ण मृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता तो बता रहे हैं ना जो मैंने समझाया वही कि वो मृत्यु के समय कृष्ण को कभी नहीं भूल पाते देखो देखो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना एक विज्ञान है ऐसे नहीं है कि अः से कहीं से तुम्हें स्मरण हो जाए ऐसा नहीं एक विज्ञान है मतलब तो मृत्यु के समय जो आ रहा है तो उसका विज्ञान क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है एक तरीके से पहले भक्तों का संग किया ये किया फिर भगवान के बारे में समझे फिर और बगे कृष्ण महान बन गए तरीके से ये विज्ञान है पूरा तब मृत्यु समय स्मरण स्मरण होगा तुम सोचो कि मैं सारी जिंदगी भोग करता फिर हो जाए तो भोगों का स्मरण होगा नहीं जाएगा थोड़ी बाद हो जाएगा अरे का नाम नाम लिया लिया ही नहीं मैंने नाम थो थो थो थो लिया थो ना, मैं कथा सुन रहा था कथा सुन के जब गिरा था तो जितने भी टाइम होगा एक मिनट डेढ़ मिनट जो भी है ये पता नहीं चला कि, कि कथा में क्या सुना मैंने बिल्कुल भी कान नहीं लगा था फिर भी कुछ कोई भी शब्द नहीं सुन पाया मैंने और बाद में भी सोच रहा तो कृष्ण का नाम एक बार एकदम अचानक कोई सामने नहीं, कुछ था था। तो में होता है तो मरते समय आएगा ही नहीं बिल्कुल भी लेकिन अगर छाप बनी रहेगी तो जरूर आएगा जरूर आएगा तो भगवान के धाम ही चले जाएंगे भगवान का धाम सोच नहीं सकते की कि कितना हाँ, लेकिन होगा नहीं ना लेकिन वो स्मरण कर रहे हो ठीक है अच्छी बात है मृत्यु के समय की बात चल रही है, है। <laughs> भागवतम में आता है की जब महाराज परिचित को पता चल गया सात दिन में मृत्यु है तो उन्हें क्या ये देखा कितना धन है मैं जल्दी बटोर लू सारा और अपने बीवी बच्चों को सब लटल कर दू और उसके बाद क्या करूं मतलब अपनी फैमिली के पास ही रहू जितने भोग सकता हूं भोगूं और घूम सकता घूम लूं जो खा सकता हूं खा लूं ऐसा कुछ किया सब कुछ तुरंत त्याग दिया उन्होंने ठीक है और नेक्स्ट एग्जाम्पल अर्जुन युदिष्टर का जयपुर कि भगवान धाम चले गए तो ऐसा तो नहीं होगा धाम चले गए तो तो सब कुछ त्याग के तुरंत सब कुछ त्याग के चल दिए हम भी जाएंगे और एक खटवांग महाराज थे एक्चुअली उन्होंने देवताओं ने एक बार खटवांग महाराज को बुलाया था कि थोड़ा यहाँ पे रास राक्ष बढ़ गए हैं थोड़ा आप यहाँ के लड़ा लड़ू करके इनको हेल्प करवा तो वो गए लड़ने के लिए तो सारे अक्षरों को परास्त कर दिया तो देवता कहते हैं बोलो मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए क्योंकि खंडवा महाराज कच्चित भगवान में था हमेशा मतलब तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कोई स्वर्ग के भौतिक भोग नहीं चाहिए क्योंकि वो तो भोग ही दे सकते हैं देवता को आप मुझे बता दीजिए कि मेरा अंतिम दिन कौन सा है वो कहते आपके पास तो एक क्षण ही है बस एक क्षण है ठीक है तो सारा स्वर्ग त्याग दिया आए पूरा फैमिली से विरक्त होकर भगवान को ध्यान में चलेगा भगवान पे काम चलेगा इस तरीके से एकदम मतलब एकदम कुछ त्याग सकता है तुरंत तो पता चल जाए तो त्याग ही नहीं सकते यहाँ तो और घरवाली घेर लेंगे देखते रहेंगे मतलब पहले से रोवाना शुरू हो जाएगा मतलब लेकिन वो तुरंत त्याग दिया उन्होंने तो ये समझना चाहिए तो ये कब हो पाता है जब हम ये तीन चीज़ समझ जाते हैं जैसे आदि भूत आदि देव आदि सब कुछ भगवान के उसमें ही है भगवान के उसमें ही है तो हमें यह समझना है कि कम आगे पढ़ते हैं थे थे हाँ आते हैं वह सहेजी भगवत गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है सहज कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे मतलब अगर वो शुरू से भक्ति कर रहा है इन सब चीजों में लगा हुआ है भक्तों का संग में लगा हुआ है तो मतलब कि सहज ही चला जाएगा मतलब कोई ऐसा नहीं कोई मेहनत करनी को पड़ी उमरते समय याद करना पड़ रहा है जबरदस्ती नहीं वो ऑटोमेटिकली याद होगा भगवान का चिंता भगवान बोल रहा है ना वो भूलेगा नहीं मुझको तो बता रहे हैं बहुत अच्छा तो इसमें बता रहे हैं ना कि वृंदावन को प्राप्त होते हैं देखो इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्जाम्पल बहुत बढ़िया है जो पुष्प होते हैं तो पुष्प में जो मधु होता है तो क्या पुष्प मधु दे सकता है ये दे कौन देता है जो भावरा होता है ना भावरा भंवरा मधु को ले जाता है और फिर अपने छत्ते में डालता है छत्ते में कुछ प्रोसेस होती है और फिर भौंवरे से मिलता है रस जो मिलता है ना मधु मतलब जो रस उसका जो उसी तरीके से भगवान डायरेक्ट नहीं देते भगवान का जो प्रेम है जो भक्ति है जो भगवान का धाम वो कैसे मिलता है भक्तों के द्वारा क्योंकि भक्त तो उनके चरण कमलों का रसवादन किए होते हैं तो उस रस को फिर हम नहीं देते हैं भक्त लोग इस तरीके से तो भगवान से मैं डायरेक्ट नहीं मिलता तो भगवान के भक्तों से मिलता है ठीक है और बताते तो महेश सेवा आगे आई ठीक है यह सातवा अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावित भावित हो सकता है कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावित होते हैं बता रहे थे ना कहां से शुरू होता है जो कृष्ण भावना है पहले से उनसे स्टार्ट होता है ऐसा नहीं कि जो भोग में लगे उनसे स्टार्ट हो जाएगा उनसे नहीं होता कृष्ण भावना का स्वरंभ ऐसे व्यक्ति से होता है सानिध्य में ऐसा होता है होते हैं ठीक है इसको पढ़ते हैं सानिध्य सानिध्य का यहाँ पे बता रहे हैं थे, थे। जैसे कि मतलब भगवान का जो कथा है नाम है तो भगवान के नाम से अभिन्न है भगवान की कथा हो लीला हो तो वो तो भगवान ही एक तरीके से तो अगर हम भक्तों का संग कर तो किसका संग कर रहे हैं भगवान के कर रहे हैं ना तो ये बता रहे सानिध्य ठीक है सुबह ऐसे सान्निध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है हम जब भक्तों के पास जाते हैं संग करते हैं में रहते हैं तो वो क्या बताते हैं गणेश भगवान है ये बताते हैं कृष्ण भगवान है अच्छा ठीक है लेकिन अब ये स्वीकार तुम कैसे कर लेते हो कृष्ण भगवान ये प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं कि तुम स्वीकार कर लो अब बोले अच्छा तो जो ढोंगी बाबा के चेले हैं तो उनको प्रेरणा कौन देते है? उनको भी भगवान ही देते स्वीकार कर लो क्यों क्योंकि चीटिंग चाहते हैं तो, तो उनको मिलाते ही चीटर से है और चीटर से मिलाते हैं कि ताकि वो चीटिंग खा सकते। तो वो नहीं ये गलत बोल रहे बोल सकते थे ना इस तरीके से तो वो भी भवानी देते हैं ठीक है अगर भगवत कृपा से कृष्ण को समझ सकता है हाँ तो समझ सकता है मतलब जैसे देखो भगवत कृपा मतलब भगवान उसको प्रेरणा देते हैं कि ये लोग सही बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है और यही सच्चा मार्ग है तो हम समझ नहीं सकते कि हमें सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ है ये भी सेटिंग भगवान नहीं की है हमें और कोई मार्ग भी प्राप्त हो सकता था क्योंकि कभी जब भी हमें ख्याल आया था, था भगवान के बारे में तो क्या हमने कभी सोचा था कि यार ऐसा कोई गुरु गुरु मिल जाए ना जो कोई नियम हो हो कुछ ना हो बस एक नाम के लिए ऐसा कभी भाव आया नहीं आया हमें से ये आया ना कि जिस चीज में भी जाए तो वो सही हो एकदम शुरू से ये भाव तो फिर अच्छी सी चीज में जुड़ते गए ना सीधे से अगर भाव ऐसा होता है इसको मत तो बहुत नियम है हमें कोई ऐसा गुरु चाहिए जिसमें नियम कम हो तो तुम्हारे क्या है चीटिंग चाहते हो फिर तो भगवान कहाँ लाएंगे फिर चीटिंग से ही मिलाएंगे ना आप जैसे फलाना फलान गुरु के पास गए एक चीज छोड़नी है कोई भी छोड़ दो अच्छा करेला छोड़ सकते हाँ एक चीज छोड़नी है जो तुम्हें पसंद हो करला पसंद है करेला छोड़ दो अब बताओ उसमें किसकी प्रगति हो रही करेला छोड़नी उसमें मतलब बिगड़ी छूटी नहीं उसकी करेला छूट गया उसका प्रगति होगी या तो बिगड़ी छुटा देते तो होती भी थोड़ी बार तो ऐसे ऐसे गुरु हैं तो क्या बताए गुरु नहीं है फिर वो डोंगी गुरु गुरु होते हैं तो गुरु फिर सही होता है ठीक है पे पे थे पे थे ही वास्तविक कृष्ण को हाँ साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है और वो क्या समझ पाएगा जब वो तीन समझ जाएगा समझेगा कि अगर मैं अः वास्तविक मतलब समझ समझ जाता है और वो समझ जाता है कि जा मैं कृष्ण को अगर भूल गया तो मैं माया से बद हो जाऊंगा फिर से अगर मैं कृष्ण को छोड़ दिया भूल गया तो मैं किस तरीके से माया से फिर से बद्ध हो जाऊंगा ये भी समझता है तो ये बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं हमें भगत धाम जाना है तो भगवान पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए अरे भगवान तो ये थे वो थे भगवान ने इतनी शादियां करी भगवान तो तीर खा के मर गए ठीक है उद्दारा नाम के मेसी अब तुम भगवान के धाम जाना चाहते हो भगवान भी दोषारोपण कर रहे हैं है भगवान ने ये क्यों संसार बनाया सब लोग इसमें घोत रहे हैं दुख झेल रहे हैं विस्फोट हो रहे हैं क्यों कर रहा है भगवान है भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं कैसे हम भगवान के तो भगवान में कैसे इस घोर नरक में डाल सकते हैं कोई दूसरापण करे ना वो भगवान कभी नहीं जा सकता वो ये नहीं सोच रहा कि भगवान ने क्या बोला है दीता में मैं सुहृदय मैं, मैं सबों का सुहृदय सूहृद मतलब मैं सबका भला चाहता हूँ सबका पालन करना चाहता हूँ मैं कभी किसी को दुख दे नहीं सकता ये हम जो भी इस नर्क में आए हैं जो भी इस जगह पड़े हैं दुख भोग रहे हैं वो हमारी इच्छा है हम अपनी गलती के कारण ही भोग रहे हैं भगवान ने नहीं कुछ किया भगवान तो चाहते हैं कि एक मौका मिल जाए कैसे भी करके एक बार ये प्रणाम कर ले मुझे नाम ले मैं ले पास। चाहते तो हमारी गलती है कि हम अपनी जगत से आए जबरदस्ती नहीं फेंका भालू की कथा आती है कि एक नदी थी तो नदी में एक मतलब स्त्री टाइप लग रही थी मतलब हाँ बाल से दिख रहे थे कुछ पता नहीं बाल दिख रहे हैं तो आदमी कूद जाता है नदी में कूद जाता है तो अब पकड़ लेता है अब पकड़ ले तो बचाओ बचाओ बचाओ पकड़ लिया पकड़ लिया तो लोग कहते हैं बचाओ बचाओ किसने पकड़ लिया अरे ठीक है तो मतलब इसने पकड़ लिया तुम तो मत पकड़ो तुम तो छोड़ दो तुम तो वो भी मतलब तुम तो मत पकड़ो तुम बाहर आ जाओ तो पता चला कि वो भालू था अब भालू था तो भालू उसको पकड़ रखा था वो भालू को पकड़ रखा था उसने तो इसी तरीके से दुनिया में क्या करते हैं वो आ जाते हैं और अरे हम तो मतलब ग्रस्त हैं चारों खाने प्रस्त हैं कैसे बहाने भक्ति करें बीवी है बच्चे हैं ये सब हैं वो हैं अगर मान लो कि भक्ति करना भी चाहे या कोई सन्यास लेना चाहे तो बीवी कह अभी क्यों संन्यास ले रहे हो तुम अभी तो बच्चे की शादी करनी है करनी है तो मतलब ये उस तरह होगा तुम तो वही अटैच संगम वो भी तुम्हें पकड़ रखा उनने मतलब उनने तुमको पकड़ रखा है उनने पकड़ रहा हाँ सही कह रहे कैसे जा सकते तो ये संसार है कि हम आके खुद जाना ही नहीं चाह रहे और जाना चाहे तो वो नहीं जाने दे रहे वो भालू की तरफ पकड़ रखा है उन लोगों ने तो इस तरीके से, भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भागवत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है अतः इसका सदुपयोग पर अहित की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए तो सिंपल है मतलब एकमात्र उद्देश्य क्या है मानव जीवन का भगवान की कृपा प्राप्त करें कैसे निरंतर निष्कपटता और अनुकूल ये तीनों चीज करेंगे तो भवानी कृपा प्राप्त हो जाएगी निरंतर मतलब हमेशा भगवान की सेवा करनी है भक्ति करनी है और निष्कपट कोई कपट नहीं रहना चाहिए निष्कपटता से और अनुकूल भाव से मतलब मतलब अनुकूल चीजें ग्रहण करनी है प्रतिकूल चीजें ग्रहण नहीं करनी इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई हुए हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य पता चल अर्थात जिज्ञासुआ जिज्ञासु मानव अभावग्रस्त मानव ब्रह्म परमात्मा ज्ञान और जन्म मृत्यु रोग से मुक्ति मोक्ष काम ठीक है पांचों की बात होगी यहाँ पे जन्म मृत्यु रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भवान को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता ही है मैं आसक्त मनाक्ष मतलब वह सीधे कृष्ण भवन में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है वो सीधा कृष्ण भवान में जाता है अपनी स्वाभाविक स्थिति जो क्या है मैं भगवान कांश हूँ दास हूं यह समझता है और वो लग जाता है सेवा में प्राप्त करता है ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान के गुणगान में आनंद पाता है उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी मतलब कि उसे पता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ कृष्णावं में भगवान की सेवा कर रहा हूँ माला कर रहा हूँ ये पर्याप्त है मुझे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं मैं और कोई साधन करूँ तो भगवान के पास जाऊंगा जैसे कि जन्म मृत्यु के लिए मोक्ष कामी हैं, कुछ और भी हैं, ठीक है, है? ज्ञानी लोग तो वो जानता है तो उसे और किसी रुचि नहीं होती किसी और और मतलब किसी और रास्ते में कोई श्रद्धा नहीं है उसको और कोई रुचि नहीं है जैसे बता रहे हैं इसमें यही श्रद्धा है भगवान की भक्ति कर रहा है तो किसी साधन की जरूरत नहीं है और साधन का और किसी साधन का वो आश्रय नहीं लेता तो क्यों आश्रय लेगा वो किसी भी साधन का आश्रय नहीं लेता है वो जानता है जो मैंने रास्ता लिया है इसी सब कुछ हो जाएगा मतलब स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा भगवान के धाम भी चला जाएगा किसी और रास्ते की जरूरत नहीं है काम क्रोध क्यों उत्पन्न होता है से? तो रजुगुण खत्म होगा रजोगुण तो काम क्रोध खत्म होगा अब कोई व्यक्ति काम क्रोध है तो काम क्रोध पे लगे पड़े हैं मतलब रजोगुण की वजह से ना रजुगुण को खत्म करो रजुगुण क्यों है, है। तो भक्ति नहीं कर रहे तो सीधा मिला के बनते लास्ट लाइन है ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ वत्त कहलाती है और यह भक्ति योग्य दिव्य भक्ति की शुरुआत होती है तो समस्त शास्त्रों का भी यही मत है भगवत गीता का यह सातवा अध्याय इसी निश्चय का सारांश है तो इसमें टोल मिलाकर भगवान को क्या समर्पण हो इस तरीके से कैसे भक्ति वाला श्रेष्ठ है इन सब किसी की व्याख्या हुई तो इस प्रकार श्रीमद भगवदगीता के सातवें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदवान तात्पर्य पूर्ण हुआ और लास्ट में सारांश बता रहे हैं अगर आपने मान लो कोई बीज बोया है तो आप उसे क्या देंगे एक दिन रोज तो हम अगर भक्ति स्टार्ट करिए तो क्या करेंगे भक्ति करेंगे रोज ऐसा तो नहीं क्या प्रजल्प देने लगे कैरोसिन तो देंगे नहीं और मान लो अगर पानी देना भूल गए तो क्या होगा पत्तीस रुपया पच्चीस रुपया मतलब तुम्हारी भक्ति मुरझा जा जाएगी और ये सब कैसे होता है प्रजल्प से तो कैरोसिन के वो करेजल मान लो किसी ने अगर एक भगवान खीर बनाई उसमें थोड़ा सा कैरोसिन डाल दिया तो पूरा मजा खराब बोले अरे हम तो कृष्ण भक्ति इतनी कर रहे हैं और फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा, कुछ भी रुचि नहीं हो रही तो कैरोसिन मिली है ना उसमें कहां से होगा मान लो कि और अब हम क्या कर रहे हैं खीर एक चम्मच है बाकी पूरा भगवाना कैरोसिन है और फिर कह रहे हैं रुचि नहीं मिल रही टेस्ट नहीं मिल रहा कहां से मिलेगा पूरी तो कैरोसिन नहीं तो तो भी अपना चुप रहो ना ना ना बोल रहा तो बोल ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब सीधा उसमें क्या है नहीं तो ले वो, में डाल दो भगवान भी लेको खुद ही दे दो हाँ तो कोई नहीं हम दिल में होना चाहिए अच्छा तो तुम बोलो दिल में होना चाहिए ना नहीं नहीं हमें बताओ ना उनकी बात मिनट में स्टॉप पर जगत गुरु शील की जय श्रीमद्भगवद्गीता की जय नित गौर प्रणंदो अरी तो तुम्हारी मम्मी कहीं बाहर है क्या